चलो अब आने वाला है असली मजा इसलिए वीडियो को कोई भी छोड़ने का नहीं है मेरे को मालूम है पहले से ही चलो अपन यहाँ से ऊपर जाएंगे और पीछे से बंदा आ चुका है और सामने है दो बंदे मतलब पूरे के पूरे तीन बंदे अपन को अभी तक दिख चुके हैं पर एक बंदा अपन के पीछे पीछे ही आ चुका है चूतिया होने वाली है अरे मर्जा चूतिया ले बैठे अपन की इसने पूरी हेल्थ खा ली थी पर कोई बात नहीं भाई लोग अपन ने हेयर इसके टकले पे मार के इसका काम कर दिया खत्म पर नीचे और बंदे जिनको भी अपन को फैलना है अभी भी बाकी है देखो डब्बल पिस्तर से फायर रे टकले पे इसके अपने निशान छोड़ दिया है पर और बंदे हैं जो मेरे को मार रहा है हरामी, पर इसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा उससे पहले आप करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलो विक्ट्री भी हो चुके हैं आसानी